ऐ जमीनों आसमान के बनाने वाले मैं इल्तिजा करता हूं मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे तू ही दोनों जहानों का मालिक है तू ही रास्ते और मंजिल को आसान बनाने वाला है इस मुश्किल को आसानी में बदल दे मुझे किसी तख्तो ताज की तमन्ना नहीं है मैं तेरे नाम की लाज रखने निकलाऊ और तेरे नाम की सरबुलंदी ही मेरा मकसद है अ खुदा अगर मैं भटक जाऊं तो मेरी मदद फरमाना ऐ मेरे परवृतिकार मुझे भटके हुए लोगों के रास्ते से बचा और दुनिया के शर्म और आफतों से महफूज फरमा